शेयरिंग पर बिलीव रखिए देने से कभी कम नहीं होता कहानी है लेकिन समझ गए तो तो किसान हुआ करते थे दोनों एक जैसा काम करते थे और दोनों ही बड़ी मेहनत किया करते थे लेकिन एक जो किसान था वो हमेशा रोता रहता था की भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया और दी भी तो कैसी जिंदगी दी ये भी भला कोई जिंदगी होती है तो वो हर वक्त रोता रहता था लेकिन जो दूसरा किसान था वो अपनी मस्ती में मगन रहता था खुश था और हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता था दोनों किसान मरे भगवान के पास पहुंचे भगवान ने बोला बोलो बेटा क्या चाहते हो पहला किसान आया गुस्से में बोला भगवान तूने मुझे कैसी जिंदगी दी थी वो भी बोला कोई जिंदगी होती है जब भी पैसा आता था किसी न किसी को देना पड़ता था अब मुझे ऐसी जिंदगी दे कि मुझे बस उसमें देना ना पड़े बल्कि मैं लेता रहू लेता रहू और मुझे मिले मिले मिले भगवान ने बोला ठीक है तेरी दुआ मंजूर है तू जा दूसरा किसान आया भगवान ने बोला बोलो बेटा क्या चाहते हो किसान बोला भगवान तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी दी थी मैं तुझसे और क्या मांगू इतना अच्छा परिवार दिया था अच्छा गांव दिया था अच्छा काम दिया था खाने की कभी कमी नहीं हुई कभी भूखा नहीं सोया बस एक ही कमी रह गई थी मेरी जिंदगी में वो बोला मेरे दरवाजे पे कई भूखे लोग आते थे जिन्हें मैं पेट भर के खाना नहीं खिला सका बस कुछ ऐसा कर दे इस जन्म में कि मेरे दरवाजे से कभी कोई खाली पेट और खाली जेब ना जा सके बस मैं दोनों का जन्म हुआ उसी गाँव में दोनों बड़े हुए पहला आदमी जिसने कहा था की कि मुझे किसी को देना ना पड़े बस मिले मिले मिले तो वो बना उस गाँव का सबसे बड़ा भिखारी किसी को देना न पड़े बस मिले मिले मिले और दूसरा आदमी जिसने बोला था कि मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी दोस्तों दोगेगा वो चाहे रोटी हो पैसा हो या नॉलेज हो जितना आप आज दोगे उससे कई गुना आपको मिलेगा और दान पुण्य खैरा सदका जकत देते वक्त जब आपके अंदर से फीलिंग होती है ना वो फीलिंग बड़ी कमाल की होती है